कन्या राशि में गोचर करेंगे और 10 नवंबर 2019 रविवार की दोपहर तेरह इकतीस में रहेंगे अथवा उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं भाई बहनों के साथ किसी बात के चलते आपका मन मुताव हो सकता है कोशिश करें कि परजनों से आपके संबंध मधुर बने रहे गोचर के दौरान आपके खर्च में वृद्धि की संभावना है हालांकि इसके विपरीत आप